करप्शन uh, से कोई बहुत नफरत नहीं है और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये ये करप्शन हो रहा है लो लेवल करप्शन हो रहा है तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फ़ोन करके कहा सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है न? आपने किससे मालूम किया उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी से मालूम किया मैंने कहा यह तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है और अल्टीमेटली एक हफ्ते में, में मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया तो मैं कैसे मानूं कि करप्शन के, के सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये तो उनके अपने गवर्नर कह रहे हैं सत्यपाल मलिक जी कौन है सत्यपाल मलिक जी मोदी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे हमें पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया फिर उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया फिर उन्हें मिजोरम मेघालय का गवर्नर बनाया उन्होंने कहा कि मेरे जो इंटरक्शन हुए मोदी जी के साथ उसमें पता चला है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से किसी तरह का परहेज ही है उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं खूब पैसे इकट्ठे करते हैं लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते वो पैसा ऊपर भेजते हैं और वहाँ से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होगा मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें तो चलो मेरी बात तो नहीं मानी अब तो गवर्नर इनके अपने गवर्नर कह रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो